अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति में बढ़ोतरी लगातार जारी है उन्होंने संपत्ति के मामले में दुनिया के दिग्गज अरबपति और निवेशक वॉरेन बफे को पीछे छोड़ दिया है होप्स की रियल टाइम बिलेनियर लिस्ट के अनुसार अब अडानी दुनिया के पांचवे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं अडानी एंड फैमिली की नेटवर्क वन अरब डॉलर हो गयी है अब दुनिया में चार ही ऐसे लोग बचे हैं जो अडानी ऐसी अधिक अमीर है इनमें टू अरब डॉलर की संपत्ति के साथ फैसला के प्रमुख एलन मस्क पहले स्थान पर है एमेजॉन के जेफ बेजो 170.2 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर हैं एल के बर्नाल्ड अर्नॉल्ड एंड फैमिली 166.8 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स 130.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर हैं। ऐसे ही अमेजिंग के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद